चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आपको होटो में रेड एंग्री बर्ड पिंक एंग्री वर्ड और ब्लू एंग्री बर्ड दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 ऑप्शन बी 40 ऑप्शन सी 200 या ऑप्शन डी 10 सही उत्तर देने वाले लोगों का नाम हम अगली वीडियो में दिखाएंगे जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय है इसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा